बताने जा रहा हूं जिसमें खेल खेल में आप माला माल बन सकते हैं जी आ, सही सुना आपने खेल-खेल में अब आप ओ, गेम्स तो खेलते ही होंगे तो तो जुड़ा हुआ है एक दमदार नेटवर्किंग प्लान से जिसमें अगर आप नहीं भी खेलते हैं और केवल टीम ही बना लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता इस नेटवर्किंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म का नाम है क्लब जी हाँ, क्लब पर आप जिसको आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर आप इस सिस्टम केवल गेम खेलना चाहते हैं तो टेन सेंट से आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं मगर यदि आप यहां पर पैसा बनाना चाहते हैं तो इनकी चार पैकेजेस में से किसी एक पैकेज को आपको सिलेक्ट करना होगा पहला पैकेज है $20 डॉलर का दूसरा $40 डॉलर का तीसरा $120 डॉलर का और चौथा $200 डॉलर का इसमें से कोई भी पैकेज आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको मिल जाती है चार तरह की इनकम अपॉर्चुनिटीज जिसमें पहली है डेली क्लब इनकम दूसरी रेफरल इनकम तीसरी मैचिंग इनकम और आखिरी मैचिंग क्लब इनकम तो प्लान को स्टार्ट करते हैं पहली इनकम डेली क्लब इनकम से जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि चार में मिलता है तक का। जैसा कि पहला पैकेज आपने लिया है ट्वेंटी डॉलर का तो इस पर आपको डेली रिटर्न मिलेगा पॉइंट एट जीरो परसेंट तीन सौ दिनों तक का जिसमें से 90% चला जाएगा कैशबैक वॉलेट में और बचा हुआ 10% चला जाएगा कैसिनो वॉलेट में उसी तरह से दूसरा पैकेज है $40 डॉलर का इसमें आपको डेली रिटर्न मिलता है 0.90% 275 दिनों तक $120 डॉलर के पैकेज में आपको 1% डेली रिटर्न मिलता है 250 दिनों तक और आखिरी $200 डॉलर के पैकेज में आपको 1.20% मिलता है दो दिनों में और दोस्तों आपको अगर ये इनकम भी अगर कम लग रही है तो आपके पास में पूरा कंट्रोल है आप चाहो तो अगर एक बंदे को राइट में कर दिया स्पॉन्सर तो जो ये डेली रिटर्न मिल रहा है ना दोस्तों इसमें इस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं बात करते हैं नेक्स्ट इनकम रेफरल इनकम Referral income में जिस भी बंदे को आप ज्वाइन करा रहे हो उसका, जो भी है, उसका 5% आपको मिल जाएगा। आप जितने चाहो, उतने लोगों को अपने में कराते जाइए, जाइए। और यहां से मिलने वाली का मजा लेते नेक्स्ट इनकम है मैचिंग इनकम मैचिंग इनकम को आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं बाइनरी इनकम की तरह यहाँ पर वन इस टू के पेयर की मैचिंग होगी जो भी मैचिंग इनकम होगी उसका 10% परसेंट आपकी इनकम होगी जो भी आपका पैकेज होगा उसका दो गुना आपकी कैपिंग होगी यानी अगर आपका पैकेज है $20 डॉलर का तो आपकी कैपिंग होगी $40 डॉलर की लास्ट इनकम है मैचिंग क्लब इनकम दो लाख डॉलर के मैचिंग होने पर आपको 250 डॉलर पर मंथ मिलेगा और ये दोस्तों तब तक मिलता रहेगा जब तक हर महीने आपको बीस हजार डॉलर का मैचिंग बिजनेस देना है आपको ढाई डॉलर पर मंथ मिलते जाएंगे अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की जो कि बहुत सिंपल है नो कैश बैक ऑन ट्यूजे यानी मंगलवार को कोई कैश नहीं मिलेगा जो आपकी कैपिंग होगी वो आपके पैकेज के दोगुनी होगी मिनिमम विड्रॉल होता है 5 डॉलर हर विड्रॉल पे 5% परसेंट एडमिन चार्जेस का डिडक्शन होगा डॉलर की प्राइस फिक्स कर दी गई है पचहत्तर रुपए दो बंदों को डायरेक्ट में स्पॉन्सर करना जरूरी है अगर आप मैचिंग इनकम लेना चाहते हैं और बूस्टर इनकम लेने के लिए एक बंदे को लेफ्ट में और एक बंदे को राइट में स्पॉन्सर करना काम है। दोस्तों इनके खुद के फिजिकल कैसिनो आज बहुत सारे कंट्रीज में रन कर रहे हैं जैसे सिंगापुर मलेशिया वियतनाम पोलैंड वेरीजुएला नाइजीरिया नेपाल पाकिस्तान ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है ये तो मैंने आपको चंद नाम बताया दोस्तों में करता हूँ ये प्लान आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा अगर आप भी इस शानदार प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे जुड़े हुए टॉप लीडर्स के कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखे हैं। आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों में वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते अगले वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मात्र